नमस्कार जय मैं कुंदन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेलकम में दोस्तों आई होप आप लोग खुश होंगे आज का विषय भी, भी यही है कि आखिर इस खुशी का रहस्य क्या है वट इज द सीक्रेट ऑफ है तो दोस्तों आज मैं आपके सामने खुशी के रहस्य से पर्दा उठाने वाला दोस्तों खुशी हमारी अंदर की फीलिंग्स होती है। वो हम तब फील करते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है तो खुशी का सीधा संबंध आपके मन की एकाग्रता मन की स्थिरता से है जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोगों को शराब पीने से खुशी मिलता है एक्चुअली दोस्तों खुशी शराब शराब में नहीं है। है, जब कुछ पीता है, तो उसका मन कुछ समय के लिए बिल्कुल पीसफुल और कंसनट्रेट हो जाता है तो उसे लगता है कि खुशी शराब से मिल रही जबकि ऐसा नहीं है वो आपके मन को शांत करता है फॉर टेम्पररी टाइम जिससे उसका अंदर का जो खुशी का फीलिंग्स होता है वो इमर्ज हो जाता है ऐसे ही कुछ लोग कहना है कि सिगरेट पीने से उन्हें बहुत सुकून मिलता है तम्बाकू खाने से या फिर किसी के साथ शारीरिक संबंध में जाने से तो दोस्तों इन चीजों करने से एक तो आपको बहुत बड़ा नुकसान है बहुत बड़ा तामझाम है क्योंकि इन चीजों करने से आपके स्वास्थ्य पे आपके चरित्र पे गलत असर पड़ सकता है तो दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर इससे बचने से बचकर हम कैसे सीधे तरीके से खुशी को फील कर सकते हैं तो दोस्तों जब आपका मन स्थिर हो जाता है तो आप इसको फील करते हो तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको करके आप इन तामझाम से बचकर आसानी से आप इस खुशी को फील कर सकते हो दोस्तों सबसे पहला चीज़ आपको जो भी हॉबी है अगर आपको पतंग उड़ाने का हॉबी है या स्पोर्ट्स कोई खेलने का हॉबी है तो उसको प्रतिदिन आप जरूर करें क्योंकि वो आपकी खुशी को इमज करती है अगर आप क्रिकेट का शौकीन है या फुटबॉल खेलते हो या बैडमिंटन जो भी खेल है उस समय आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है जिससे आप अपनी खुशी को फील कर सकते हो दोस्तों दूसरी बात आप देखते होंगे जब आपके घर में किसी तरह का फंक्शन हो शादी हो ब्याह हो तो दो तीन दिन तक आप बिल्कुल नहीं सोते हो मगर जब दो तीन दिन के बाद आप जब सोते हो उसके बाद आप जब उठते हो जागृत होते हो तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा होती है वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप बहुत दिनों के बाद सोते हो थक कर सोते हो तो आप जब नींद में होते हो तो बिल्कुल आपके मन को स्थिर अवस्था में लेकर चला जाता है जिससे आप उस ऊर्जा उस खुशी को फील कर पाते हो इसलिए दोस्तों अगर आपको खुश रहना है तो जितना ज्यादा मेहनत करो और गहरी गहरी नींद नींद लो क्योंकि गहरी में ही आपकी खुशी छिपी हुई है अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में इस पर सर्वे भी किया गया था उसमें तीन चीजों को रखा गया जिससे जिसे देखा गया खुशी आखिर इन तीनों में से किससे मिलती है पहला तो पैसा दूसरा सेक्स था नींद। नींद। नींद। उसमें पाया गया कि कि जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई खुशी देता है है तो वो है आपकी नींद। गहरी नींद। ऐसे नहीं कि आप आधे मन से सो रहे हो आपकी नींद जितनी गहरी होगी उतना आप अपनी खुशी को फील कर सकते हो और आपकी नींद गहरी तभी होगी जब आप अपने लाइफ में दिन भर की कड़ी मेहनत करो पूरी तरह से थक जाओ तब जब आप सोने जाओगे तो वो आपकी जब गहरी नींद होगी तभी आप सुबह में एक ऊर्जा के साथ उस खुशी को फील कर पाओगे तो दोस्तों तीसरा जो कि बहुत ही आम है खुश रहने का जो आपके मन को स्थिर करता है मैं वो आपको बताऊंगा वो है आप आप अपने आसपास के जितने जितने लोग हैं, प्रजाति जीव जंतु हो हो, या कोई भी हो, आप उनके मन को शांत करते जाओ ये सबसे अहम चीज है जो आपको खुशी देती है आपके मन को शांत करती है अगर आपके आसपास पास आप हर किसी के मन को शांत करते हो तो उनकी दुआएं आपके मन को स्थिर और शांत करती है जिससे आपके अंदर की खुशी इमर्ज होती है तो दोस्तों ये सबसे अहम था कि आप जितना ज्यादा लोगों के मन को शांत करो उतना आपको दुआएं मिलेगी अगर आप इसके विपरीत अपने आस पास के लोगों के मन को अशांत करते हो दुखी करते हो तो उतना उनकी बदुआएँ आपके मन को अशांत करती है और आपका मन दुखी होता है तो दोस्तों इस चीज़ का हमें बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को मानसिक रूप से पीड़ा ना हो जिससे हम अपनी खुशी को बचा सके क्योंकि हम खुशी के लिए कितना खर्च करते हैं समय वेस्ट करते हैं मगर अगर इन तीनों विधि को आप करते हो तो जितना दुनिया भर का तामझाम में उससे तो बचोगे ही आपके समय की बर्बादी और आपके पैसों की भी बर्बादी नहीं होगी धन्यवाद दोस्तों आज का ब्रह्म ज्ञान है आपकी अच्छी सेहत के ऊपर दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हमारी बीमारी है, है हमारा ये पेट है क्योंकि पेट खराब होने से सबसे ज्यादा बीमारियां होती है तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिस तो अगर आपने अपने जीवन में फॉलो किया तो आपको पेट संबंधी बीमारियां नहीं के बराबर होगी। वो है जब भी आप भोजन करते हो तो भोजन करने के तुरंत बाद आप कभी भी पानी का सेवन ना करें क्योंकि जब खाना खाने के बाद आप पानी पीते हो खाना जो होता होता होता है है। है है वो तरह से नहीं होता है। इसके पीछे का ये कि जब हम खाना खाते हैं, तो हमारे पेट में एक जठर जो उस खाने को पकाता है वो अग्नि होता है जो हमारे खाने को डायजेस्ट करता है और उसी समय अगर ऊपर से पानी पी लो तो उस अग्नि जो होती है जठर नहीं है भी वो खाना सड़ने लगता है जिससे हमारे पेट में वात जैसी बीमारी यानी कि गैस की बीमारी होने लगती है और यह गैस की बीमारी आपके शरीर को बहुत तरह से नुकसान करती है और इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी होने की चांसेस होती है इसलिए दोस्तों तो जब भी आप खाना खाएं कम कम से से कम घंटे बाद ही पानी का सेवन करें, जिससे आपका सिस्टम जो तो होगा, होगा। वो सही आप खाना अच्छी तरह सकते हो। अगर बीच में अगर आपका मन किया तो एक दो बुंद आप पानी पी सकते हो मगर कोशिश यही होनी चाहिए कि एक घंटे के बाद ही आप पानी का आप वो बात संबंधी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें साथ में आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा ताकि हमें भी पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के पास पहुंच रहा है और आप उससे कितना सेटिस्फाई हैं और साथ में जो हमारे नए दोस्त हमसे जो अभी जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें